हे सभा में दुशासन, दुशासन जो खींच के लाता के है, है। साड़ी खींचने लगता है द्रौपदी जब तक अपने साड़ी को अपने हाथों में दबा के रखी है तब तक भगवान नहीं आते हैं और जैसे ही अपने साड़ी का पल्लू छोड़ करके दोनों हाथ पर उठा दी हाँ कहती हे जी कृष्ण मुरारी हल्ला जय रखो मुर हे जी धारे हला रखो ये अंधा? मैं तो समझी थी कि हमारे ससुर गाजे हैं लेकिन मैं समझी थी ये अंधा? यहाँ सभा है ख जिसके पांच पाँच पति और सारे सिर नीचे किए बैठे हैं पति बाबा जी भी चुप बैठे इस पिता को बोली हे प्रभु बाबा बाबाजी भी चुप रखो अब मैं अपम करू कहो किस हे प्रभु अब मैं किसने आस करूं? यहां तो सारे के सारे एक से बैठे हैं अब मैं करनाट तो हो a no. नाचो डको